हेलो गाइस गुड मॉर्निंग सुबह के बज चुके हैं साढ़े पाँच और आज है हमारा मैच तो चलते हैं मैच खेलने तो दोस्तों ये मेरी टीम ड्रेस है -डे -डे -डे चलो चलते हैं फिर क्रिकेट खेलने भाइयों ये हमारे अमरजीत भैया टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर करें ये कितने विकेट लोगे भैया फिर आज आप पाँच विकेट लेंगे पांच विकेट लेके टॉप पे पहुंच जाओगे बिल्कुल चलो देखते हैं एम सी जी क्रिकेट ग्राउंड है भाई ये यहाँ पे होने वाला है हमारे टूर्नामेंट का फाइनल मैच ये है बड़े बिट्टू भाई बिट्टू भाई भी भाई टॉप विकेट टेकर की लाइन में चल रहे हैं तो कितने विकेट लोगे आज कितने विकेट लोगे बिट्टू भाई भाई अपनी तरफ से अच्छा फट देंगे उसके बाद देखते हैं क्या रहता है आपको लगता है आप जीत जाओगे ट्रॉफी तो बेस्ट बॉलर की लग तो रहा वैसे है, अगर तीन चार विकेट मिल जाती है तो टॉप पे आ ही जाएंगे चलो बेस्ट ऑफ द लक ओ थैंक तो भाई। ये सेम टू यू ये अपनी तो पिच सो so गाइज़ हम पहुंच चुके हैं क्रिकेट ग्राउंड पे पर अभी तक पिच रेडी नहीं हुई है तो हम वेट कर रहे हैं पिच रेडी हो और मैच स्टार्ट हो इन ट्रॉफीज़ के लिए है भाई टूर्नामेंट इन्हीं के लिए लड़ रहे थे पिछले दो महीने से आज फाइनल मैच है देखते हैं कौन जीतता है ट्रॉफ़ी चलो भाई संजय भाई ने हेड्स मांगा है राजन भाई टॉस जीत चुके हैं हाँ जी राजन भाई क्या करोगे? करें फर्स्ट राजन भाई ने बॉलिंग ले ली है संजय भाई आप टॉस जीतते तो क्या करते वी विल बैट फर्स्ट तो दोनों की बात पूरी होगी है देखते हैं अब क्या होता है लेट्स तो भाईओ हम लोग हार गए हैं टॉस हमें करनी पड़ेगी अब बैटिंग देखते हैं कितने रन बना पाते हैं हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएँ ताकि मैच जीत सकें तो भाइयों ये है वो बॉल कीमती गोल्ड की इसी से होने वाला है हमारा फाइनल मैच ये हमारे सुरेंद्र भाई ये भी टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में चल रहे हैं दूसरे नंबर पे हाँ तो सुरेंद्र भाई जीतोगे आप ट्रॉफी टॉप बॉलर की जीतने ट्रॉफी है है है है आज के लोग आज, आज के के के कोशिश जारी रहेगी मैच बारे में देखते चार्थ हैं, चार्थ हैं। चार्थ देखते हैं हैं कैसा क्या होगा ऊपर डिपेंड करता है। ये है ये ग्राउंड बॉय दोनों ये रस्सा मारने से मना कर रहे हैं मामचंद के देख लो भाई इनको हाँ सैणी भाई साहब रास्ता मारोगे सनी सैनी भाई एम्पायर ग्राउंड बाइस से एम्पायर मनगे इतनी जल्दी ये बताओ आप रस्ता क्यों नहीं मार रहे हो वो नहीं है उस इन्होंने खारिज कर दिया हमारे प्लेयर शिकायत कर रहे हैं कि ग्राउंड पे उस पड़ी हुई है कुल नहीं है। नहीं है, मिला के बात यह है जिद्दी एम्पायर ग्राउंड मैन है ये नहीं मारे रस्ता भाई संजय भाई एम्पायर है बहस मत कर आउट दे देगा पेड़ पर लगते बॉल आग लिठा देगा नुए ना भाई अंपायर सन्नी ने पहले भी चार पांच ऐसे चिपका तो पाँच ये हमारी टीम के अपने है दोनों संजय भाई और बंटी भाई व्हाइट बॉल ओवर में हो गया हमारे सैतालीस रन और तीन विकेट मैं हो गया रेडी बैटिंग के लिए विकेट गिरती है तो मैं जाऊंगा बैटिंग पेपर में चाहता नहीं रही काला रेडी होता हुआ हमारे रेडी होते हुए तेरह ओवर हो चुके हैं भाइयों चौरासी रन हुए हमारे सारे दुरंदर आउट हो गए छह विकेट गिर गए हैं ये बने विपिन भाई भी आ गए हैं सपोर्ट करने हमें हाँ विपिन क्या लगता है हम जीत जाएंगे मैच क्या सोच के छक्का मारने गया गया था था <laughs> ये सोच के गया था भाई चक्का मारने तो छह रन आगे तो बढ़िया रह जाएगा लेकिन लग नहीं पाया शॉट हर कोई धोनी नहीं होता चक्का मार दे ये भी बात सही है विपिन भाई की भाई हर कोई धोनी नहीं होता कोई नहीं अगले फाइनल में सुधार डॉक्टर साहब आप जो बुरी तरीके से रन आउट हो गए आप क्या कहना हो जब आउट हो अब क्या, क्या कहना? फिर भी आप दो रन पूरे कर सको थे आप इतना डॉक्टर साहब आउट हो चुके हैं जि... कितने रन बनाए जीरो बीस ओवर में हमारे एक सौ उनतीस रन बने हैं एक सौ तीस का टारगेट है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जीतें मेरे हिसाब से अच्छा टोटल है एक सौ तीस का टारगेट पिच काफ़ी स्लो लग रही है साइड पे, तो स्लो स्पिनर्स का रोल एम रहेगा इसको पिच पे। स्कोर अच्छा है फाइटिंग टोटल गुड फाइटिंग टोटल विकेंड विन अच्छा मैच रहा पर हम मैच हार चुके हैं हमारी टीम ने काफ़ी सारी कैच छोड़ी बॉलरों की पिटाई हुई जिसकी वजह से मैच हम हार चुके हैं लेकिन एक अच्छी चीज़ रही हमारे अमरजीत भाई बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं जिसकी ट्रॉफी अब हम लेने जा रहे हैं अमरजीत भैया बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट ट्रॉफी मिलती है इनको वेल प्लेड भैया मैन ऑफ द मैच विशाल आंतिल जी वेल प्लेड विशाल भाई बढ़िया बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर जी एंड विक्रम कैप्टन को विनर टीम फायर आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। विपिन भाई कुछ पूछना चाहते हैं मुझे एक बात बताना कि बॉलिंग में रन सभी को पढ़ते हैं ऐसा क्योंकि मुझे ही बॉलिंग नहीं मिलती ये ओवर में उनतालीस रन दिख नहीं रहा है थोड़ा इसमें <laughs> ये स्पेशली मेरी बी कर रहे आया है यहाँ पे ये खेल भी नहीं रहा था फिर भी बॉलिंग मांग रहा है तो दोस्तों मुझे पता है इस ब्लॉग में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें मैं फ्यूचर में सुधारूंगा तो दोस्तों मेरी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्यूचर में आपको इससे बेटर ही देखने को मिलेगा और अच्छा कंटेंट मैं लाने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड देट सेट फॉर द डे